एक विधान सभा पूरे मध्य प्रदेश की मुख्य पूरे मध्य प्रदेश की कुर्सी हिलेगी मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए दो हजार चौदह में जी। मोदी जी को वोट दिए कि अच्छे दिन हमारे आएंगे किसान आंदोलन का कोई असर दिख रहा है पूरा पूरा है भाई 14 सौ रूपये बोरी खाद मिल रही है वहाँ सरकारी में जाओ तो 1000 लाइन लगती है यही सब दिक्कत है तो सतना में और यहाँ क्या फर्क देखने को मिलता है आप लोगों को मुझे बताएंगे सयान तो आप है या कौन है आप कौन बीजेपी के जो दमंग लोग हैं उनके द्वारा कब्जा किया गया है